कितना बेचैन हो गुमसे मिला कितना बेचैन हो गे तुमसे मिला तुमको क्या थी खबर था मैं कितना अके कितनी जो है हया तेरे मेरे दर बुझा दे सनू तू बेताबैया बेचैन होके तुमसे मिला कितना बेचैन होके तुमसे मिला तुमको क्या थी खबर था मैं कितना